बाबा रामदेव ने सन्यास दीक्षा पर्व समारोह का आयोजन किया इस समारोह में कई बच्चों और युवाओं को बाबा रामदेव ने कहा कि अब हमने देश को सन्यासियों की नारायणी सेना दे दी है योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपने उनतीसवें संन्यास दिवस पर एक नया इतिहास रचा है उन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए 150 सन्यासियों को दीक्षा दिलाई। इस इस कार्यक्रम कार्यक्रम में में मंत्री शाह और सर मोहन भागवत शामिल हुए। हुए के बारे में बताते हुए, बाबा रामदेव ने कहा कि राम राज्य शासन से नहीं आत्म अनुशासन से आएगा और इसके लिए योगमय सनातनमय आध्यात्मय जीवन होना चाहिए पतंजलि ने सन्यासियों की नारायणी सेना तैयार की है यह सन्यासी सनातन धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानेंगे रामदेव ने कहा कुछ सनातन और भारत विरोधी शक्तियों को पतंजलि द्वारा किए जा रहे यह कार्य अच्छे नहीं लगेंगे लेकिन उनको लगता है एक रामदेव उनके काबू में नहीं आया है अब 250 और सन्यासी तैयार हो गए अब उनका क्या होगा ऐसे लोगों को अब बड़ा धक्का लगने वाला है हर व्यक्ति के जीवन में राम का चरित्र भगवान श्री राम की मर्यादा का अवतरण हो रामराज्य शासन से नहीं आत्म अनुशासन से आएगा और उसके लिए योगमय वेदमय सनातनमय आध्यात्मिक जीवन की प्रतिष्ठा राष्ट्र और विश्व में हो इसके लिए सनातन धर्म का और योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ने के लिए ढाई सौ सन्यासी पतंजलि के और वो भी विद्वान विदुषी सब वर्ग जातियों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी सब वर्गों के बालक समर्थ सन्यासियों के रूप में प्रामाणिक सन्यासियों के रूप में सच्चे सन्यासियों के रूप में जिसको हमारे यहां शास्त्रों में कहा यह नारायणी सेना ये ऐसे योगी कर्म योगी सन्यासी हैं ये पलायनवादी और प्रमादी सन्यासी नहीं जातिवादी सन्यासी नहीं राष्ट्रवादी अध्यात्मवादी वो सन्यासी जो अपने सनातन धर्म और सन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्मो को सर्वोपरि मानते हैं ऐसे सन्यासी बन रहा है आज श्रद्धे भागवत जी कह रहे थे कि मैं जो वर्षों पहले हरिद्वार में आता था तो बड़ी निराशा होती थी हमारे सनातन धर्म के श्रेष्ठ सन्यासी प्रामाणिक योगी योद्धा सन्यासी कब तैयार होंगे मैं आज आत्मसंतोष लेके जा रहा हूँ कि ऐसे समर्थ सन्यासी हमारे सनातन धर्म के तैयार हुए और अब सनातन धर्म का डंका देश नहीं पूरी दुनिया में बजेगा। देश में हो रही राजनीतिक उठापटक को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि आज के राजनेताओं में बहुत गलत सोच उत्पन्न हो रही है यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है सभी राजनेताओं को राम चरित्र मानस और श्रीमद् भागवत गीता एक बार जरूर पढ़नी चाहिए हमें कुछ दिनों से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जो वाकई निंदनीय है राजनेता रामचरित्र मानस पर सवाल उठा रहे हैं अब ऐसे नेताओं पर क्या बोला जाए उनके लिए तो इतना ही कहना है कि जिनका मानस ठीक नहीं है उनको रामचरित्र मानस में भी दोष नजर आते हैं तीस किलो के लगभग अपना वेट कम किया अपनी पोती रुद्री को जो वेद दर्शन उपनिषद भगवत गीता पढ़ाते हैं उनको यह है कि मैं सनातन को जीता हूं ऐसे सब सात्विक का आत्माओं की संवेदनाएं उनके शुभाशीष उनके पाथे उनका मार्गदर्शन मिला और हम अभिभूत हैं कि देश की सारी सात्विक शक्तियां पतंजलि के सन्यासी होने में गौरव अनुभव कर रहे हैं यह अलग बात है कि कुछ सनातन विरोधी भारत विरोधी शक्तियों को पतंजलि का ये जो गौरव है ये जो अध्यात्म का वैभव हो रास नहीं आता उनको ऐसा लगता है एक रामदेव तो काबू में आ नहीं रहा था अब ढाई सौ और तैयार हो गए तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो मेडिकल माफिया है ड्रग माफिया है जो रिलीजियस माफिया है जो कारपोरेट माफिया हैं और कुछ ऐसे भी राजनीतिक माफिया इस देश में जो इस देश की एकता अखंडता और संप्रदाय को तोड़ना चाहते हैं उन सबको अब एक बहुत बड़ा जोर का झटका सा लग रहा है कि अब क्या होगा एक सन्यासी का सामर्थ्य इन्होंने अब भी देखा है महर्षि दयानंद को भी देखा स्वामी विवेकानंद को भी देखा सन्यासियों का सामर्थ्य इतना बड़ा होता है उनको सन्यासी को देवी शक्तियों का आशीर्वाद सन्यासियों को भगवान का प्रतिनिधि माना है और हमने ऋषियों के ऐसे वंशधर तैयार किए हैं ये भगवान के यंत्र बनकर के अपने जीवन में सारे वैदिक सनातन सत्यों को अपने आचरण में उतार करके जब समाज के सेवा के लिए राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए देश पूरी दुनिया में जब जाएंगे अब सारी दुनिया में सनातन धर्म का